नमस्कार साथियों मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनांक 20 फरवरी के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है चंद्रमा और नक्षत्रों के गोचर के आधार पर आधारित है तो दर्शकों यदि भी यदि आपको भी आपकी वास्तविक चंद्र राशि का अनुमान नहीं है या नहीं पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ बर्थ का समय और बर्थ का स्थान ये आप ड्रॉप कर दीजिए हमारा यथासंभव प्रयास रहेगा कि आपकी आपको वास्तविक राशि से अवगत कराएं। दर्शकों पंचांग पर आते हैं और ये पंचांग लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है तिथिवार नक्षत्र योग करण के संयोग से ही पंचांग का निर्माण होता है विक्रम संबत्त दो हजार छिहत्तर सख्त संबत्त पर धावी नामक संवत्सर चल रहा है गुरुवार गुरुवारा दिन रहेगा सूर्योदय होगा प्रातः छः पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच पर उत्तरायण चल रहा है और आज जो तिथि रहेगी दर्शकों ये शाम को चार बजे तक द्वादशी तिथि रहेगी इसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी हमने आपको पूर्व में बताया था कि द्वादशी को मसूर का सेवन नहीं करना चाहिए और त्रयोदशी तिथि के दिन बैंगन नहीं खाना चाहिए ब्रह्मा वैवश पुराण में स्पष्ट रूप से इसकी मनाही है नक्षत्र की बात करें तो पूर्वा साढ़ा और उत्तरा साढ़ा नक्षत्र रहेंगे वहीं तैतिल गर के साथ सिद्धि और व्यातिपात योग रहेगा दर्शकों अशुभ समय पर आ जाते हैं गुरुवार का जो कि राहुकाल रहेगा ये दोपहर एक बजकर चौवालीस मिनट से लेकर के तीन बजकर आठ मिनट तक की रहेगा वहीं शुभ समय की यदि हम बात करें तो सुबह ग्यारह बजकर सत्तावन मिनट से बारह बजकर बयालीस मिनट का जो समय रहेगा ये आप लोगों के लिए काफ़ी शुभ रहेगा अभिजीत मुहूर्त है इसमें आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं चंद्र राशि पर आ जाते हैं चंद्र देव जो चलायमान रहेंगे ये दोपहर एक बजकर बावन मिनट तक तो धनु राशि में रहेंगे उसके बाद एक बजकर बावन मिनट के बाद ये कैप्टिकॉन मकर राशि में जाएंगे और शनि और चंद्रमा के विषदोष का निर्माण भी करेंगे अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिनका भी जन्म आज दोपहर एक बजकर बावन मिनट के बाद होगा उनकी मकर राशि रहेगी और शनि चंद्रमा का विष्कुंभ योग निर्मित रहेगा सूर्यदेव की यदि हम बात करें तो कुंभ राशि में सूर्यदेव चलायमान रहेंगे और साथ ही साथ दर्शकों आज की दिशा सूल की बात करते हैं तो गुरुवार दिन और गुरुवार को दक्षिण दिशा की ओर दिशा सूल रहता है दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए यदि किन्हीं कारणवश यात्रा करनी पड़ जाए तो प्रयास करिएगा कि आज के दिन आप लोग केसर का सेवन कर लीजिएगा इसके अलावा आज आप लोग जो है मूँग का जो है जो मूँग की दाल होती है इसको भी आप लोग ले सकते हैं या मूँग का मिष्ठान आप ले सकते हैं दही खा करके आप लोग निकल सकते हैं और पहले उत्तर की ओर चारपक चलिएगा उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर आपको यात्रा करनी चाहिए दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग अब बढ़ते हैं आगे राशिफल पर लेकिन आप लोगों को बता दें कि जो भी दर्शक मुंबई से हैं और 28, 29 मार्च को हमसे पर्सनली मिल करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत रहेगा मुंबई में दो दिन के लिए ही हम आ रहे हैं और दो दिन में आप लोग आकर के हमसे मिल सकते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबर पर टेलीफोन कॉल भी कर सकते हैं और यदि फ़ोन कॉल नहीं उठती है क्योंकि तो जो टाइम रहता है ये सुबह दस बजे से ले करके शाम छः बजे तक का रहता है इसके बाद दर्शकों फ़ोन नहीं उठता है आप लोग WhatsApp पर मैसेज कर दिया करिए क्योंकि मान लीजिए हमारे पास आप लोग कर देते हैं जो नंबर है तो हम रात में भी उठा लेते हैं लेकिन जिन और लोगों का घर है और लोगों का परिवार है ऑफिस का एक टाइम होता है वो मर्यादा बनी रहती है तो आप लोग WhatsApp पर भी संपर्क कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपको जवाब दिया जाएगा साथ ही साथ दर्शकों इधर दो दिन हमारा जो आगमन रहेगा ये देवरिया रहेगा अपने पैतृक घर हम जा रहे हैं और बीस को तो नहीं लेकिन हाँ 21 तारीख को और 22 तारीख को हम देवरिया और इसके आसपास के क्षेत्र में ही रहेंगे क्योंकि देखिए ये कोई जो है मतलब आप लोगों के लिए ये कार्यक्रम नहीं है इंडिविजुअल हम अपने काम से जा रहे हैं तो जो भी रास्ते में जो भी हमारे मतलब चाहते दर्शक हैं सम्मानित दर्शक हैं यदि चाहते हैं तो हम उनसे मिल सकते हैं आप लोग आ के मिल लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा बढ़ते हम अपनी पहली राशि पर हमारी जो पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि तो मेष राशि के जातकों आज आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे आपके दोस्तों से आज कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है जिससे मन आपका बहुत ज़्यादा उत्साहित होगा ऑफिस में भी आज उच्चाधिकारियों की आपको मदद मिलेगी बिजनेस के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी डील मिलेगी जिससे तरक्की आप लोगों की सुनिश्चित रहेगी नौकरी पेशा लोगों का आज इंक्रीमेंट के साथ प्रमोशन होने का भी योग बन रहा है आपसी प्यार व दाम्पत्य जीवन में जो है आपके जो है मधुरता बनी रहेगी पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा और आज यात्राओं का योग बन रहा है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा आप लोग नारायण का, का पाठ करिएगा साथ साथ ही साथ जल में चुटकी हल्दी डाल करके नहाइएगा शुभ शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला, आपके लिए लिए रहेगा रहेगा पीला अंक तीन वृषभ राशि के जातकों आज आपके हर काम का हल यू चुटकियों में निकल जाएगा ऑफिस में आज आपके काम की तारीफ होगी किसी प्रोजेक्ट के लिए आज आपको अपनी ओपिनियन अपनी राय रखने का आज आपको मौका रहेगा और आज आपकी राय लोगों को पसंद आएगी उच्चाधिकारियों को पसंद आएगी लेखन काजों में जो लोग रुचि लेते हैं उनके आज जो है किसी आर्टिक आर्टिकल को जो है आ, मतलब पब्लिश करने का मौका मिल सकता है साथ ही साथ आज सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी वृद्धि होगी जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का योग बन रहा है हो सकता है शिवरात्रि आ रही तो आप लोग जा रहे हैं अच्छा हाँ एक बात और बता दें शिवरात्रि से संबंधित दो वीडियो है एक वीडियो हमने डाल दिया है और एक वीडियो राशिफल का इक्कीस तारीख का आप लोगों को मिल राशिवार शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो जमिनी की ओर बढ़ते हैं मिथुन राशि की जात को आज आप लोग अपने लक्ष्य के बारे में सोच विचार करेंगे बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करने से आज आपको बचने की सितारे सलाह दे रहे परिवार वालों के साथ जितना प्रेम भाव बनाए रखेंगे आपके जीवन के लिए उतना ही अच्छा रहेगा पॉलिटिकल साइंस के छात्रों के लिए दिन ठीक रहे ठाक रहेगा पढ़ाई लिखाई में आज आपको विशेष मेहनत करने की जरूरत रहेगी आपको पहले किसी काम के लिए किए गए प्रयासों का आज आपको बेहतर परिणाम मिलेगा कुल मिला करके यदि हम बात करें तो मिथुन राशि के जातकों का आज आर्थिक पक्ष पहले से अच्छा रहेगा और आज पारिवारिक रिश्ते आप लोगों के मजबूत होंगे वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा यात्रा में आज आपके किसी सामान को जो है चोरी इत्यादि का भय है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज आप लोग जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए साथ ही साथ आज कपूर की आरती पूरे घर में आप लोगों को दिखाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो कर्क राशि की ओर बढ़ते हमारी अगली राशि आती है तो कर्क राशि के जातको आज का दिन देखिए मिला जुला रहने वाला है आज आप किसी सामाजिक कार्य में रुचि लेते हुए दिखाई पड़ने साथ ही साथ आज आपको किसी धार्मिक आयोजन से जुड़ने का मौका मिलेगा कार्यस्थल पर थोड़ा सा संभल करके चलने की जरूरत रहेगी आपको जो है अपने उच्चाधिकारियों से बातचीत करने में भी सावधानी रखने के सितारे चला देने आपके प्रति उनके मन में कोई घड़ा का भाव भर सकता है साथ ही साथ आज दूसरों से उलटने से अच्छा है कि आप अपने काम पर ध्यान दें परिवार में भी आज आपको रिश्तों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने की कोशिश करनी होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि गाय को आप लोगों को खिचड़ी खिलानी रहेगी और उसमें हल्दी जितना ज़्यादा हो मिक्स कर लें शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज पिंक कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार अगली राशि पर बढ़ते हैं अगली राशि आती है लियो सिंह राशि सिंह राशि के जात आज आप कोई बहुत बड़ा निर्णय ले सकते हैं दोस्तों के साथ आज आप अपनी कोई जो है बात शेयर करेंगे और आज आपको किसी नई बिजनेस डील के लिए विदेश जाने तक का ऑफर मिल सकता है आज पार्टनर के साथ आप लोग जो है शॉपिंग करने घूमने फिरने मूवी देखने जा सकते हैं और आज आपके पैसे अधिक खर्च होंगे सिंह राशि के जो बच्चे हैं इनका मन आज पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा लगेगा आपके यदि एग्जाम चल हैं तो निश्चित रूप से आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आज आपका पेपर बहुत अच्छा होगा परिवार में सबकी सेहत अच्छी बनी रहेगी और आज आप काम को लेकर के कोई नई प्लानिंग, नया विचार बना सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी ठीक-ठाक रहेगी, लेकिन खर्च अधिक ज्यादा होगा। होगा थोड़े से मेहनत में लाभ उपाय के तौर पर। आज कोशिश कीजिए नमक का सेवन मत करिएगा, नमक करिएगाइड करिएगा और जरूरतमंदों को आज बेसन से बनी हुई कुछ मिठाई आप लोग जरूर खिलाई कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा छाया राशि के जातको आज बड़े बुजुर्ग अपने दोस्तों से मिल जो है मिलने बाहर जा सकते हैं साथ ही साथ उनकी सेहत बड़ी अच्छी रहेगी एजेंट के रूप में काम कर रहे लोगों को आज लाभ के कई सारे मौके मिलेंगे जो भी कन्या राशि के जातक और इनके जीवन में यदि गुरु की तलाश थी तो आज आपको कोई गुरु जो है आप बना सकते हैं बच्चे घर के काम में आज आपका बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे हाथ बताएंगे और आज आपका कोई बहुत ज़रूरी काम बहुत आसानी से और बहुत ही कम समय में पूरा हो जाएगा मन बड़ा प्रसन्न रहेगा कोई नए जो है मतलब प्रेम की दस्तक आपके जीवन में हो सकती थी यदि आप अकेले थे तो अब तना रहना आप लोगों को बंद करना होगा क्योंकि किसी नए प्रेम की शुरुआत आपको हो सकती है साथ ही साथ आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी वाहन सावधानीपूर्वक चलाइएगा और आज बड़े बुजुर्गों के पैर छू के आशीर्वाद लीजिए पहली चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि आज भगवान विष्णु जी के मंदिर में या लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हो वहाँ पर जा करके आज आप लोगों को जो है सुगंधित वस्तुओं जैसे धूपबत्ती हो गई अगरबत्ती हो गई इत्र इत्यादि हो क्या वो जा करके उनको आप चढ़ाइए और लक्ष्मी नारायण मंदिर में जा के भगवान विष्णु के और माँ लक्ष्मी की आप लो आप लोग जरूर करिए निश्चित रूप से की कृपा पर मिलेगी शुभ शुभ कलर आपके लिए आपके लिए लिए रहेगा रहेगा रहेगा रेड और अंक ये एक। तुला राशि के जातको आज आप अपना ध्यान पुराने कामों को पूरा करने में लगा सकते हैं आज आपको पैसों के लेन करने में थोड़ी सावधानी बरतने के सितारे सलाह सा देने साथ ही साथ आज आप Uh, किसी सामान को कहीं रख करके हो सकता है भूल जाए और कीमती चीज़ों का खास ख्याल रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए अभी आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी जो लोग ऑनलाइन काम कर काम करते हैं वेब डेवलपर्स इत्यादि हैं इनके लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है माता पिता का स्वास्थ्य बना रहेगा स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति कुछ आ सकती है मौसम के देखते हुए भी आज आपको अपने डेली रूटीन में थोड़ा बदलाव करने की सितारे सलाह दे रहे हैं उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज आप लोग जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के ऊपर थे वृश्चिक राशि के जात को आज आपको किसी खास व्यक्ति से कुछ प्रेरणा मिल सकती है माता पिता के साथ आज आप धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं आज आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर बना रहेगा और आज आप लोग बढ़िया खाने का लुफ्त उठा सकते हैं आपकी किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होने की संभावनाएं बन रही हैं आज आपका दोस्त आपको बिजनेस के कुछ नए आइडियाज़ दे सकता है समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी कुछ बड़े लोग आपके व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको सवा किलो चने की दाल ये आपको धर्मस्थान पर देना रहेगा साथ ही साथ हो सके तो आज का ये दिन थोड़ा सा आप लोगों को श्रमदान देना रहेगा धर्मस्थान पर तो झाड़ू पोछा इत्यादि आप लगा सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ बढ़ते हम अपनी अगली राशि पर हमारी अगली राशि आती आती जी धनु राशि धनु राशि के जातकों आज आपको सरकारी कामों में कुछ लोगों से सहयोग मिलेगा जिससे आपका काम समय पर पूरा होगा काम के प्रति आपकी मेहनत और लगन बढ़ेगी आज आपकी सफलता सुनिश्चित होगी परिवार वालों की उम्मीदें आज, आज आपसे बनी रहेंगी धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी आज आपको दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं किसी धार्मिक यात्राओं पर जाने का योग बन रहा है जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ऐसे छात्रों को को कोई कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, है। है, रिजल्ट इनके फेवर में आ सकता पाने का दिन यानी कि आपकी पार्टनर आज तरक्की पाती हुई दिखाई पड़ रही है कारोबार में बरकत होगी उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग केसर का सेवन जरूर करिएगा किसी ना किसी रूप में साथ ही साथ आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को कम से कम दो माला आप लोग जाप करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ कैप्रिकॉन मकर राशि के जात लेकिन देखिए दर्शकों आप लोग लाइक नहीं करते हैं ये आप लोगों में सबसे बड़ी कमी है यदि आप लोग राशिफल देख रहे हैं और जो आइकन बने हुए हैं चाहे लाइक के हो चाहे डिसलाइक के हो चाहे सब्सक्राइब के हो चाहे बेल आइकन के हो चाहे शेयर के हो तो ये सब चीज़ें यूज़ करने के लिए बनी होती है तो जैसे अंगूठे का बटन है लाइक तो आप लोगों को यदि कार्यक्रम पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करे नापसंद आया करे तो डिसलाइक भी किया करिए ऐसा नहीं कि जो है हम ही अपने आप में पूर्ण हैं हम तो एक मात्र तिनका मात्र हैं तो प्लीज़ लाइक या डिसलाइक जो हो इसको करिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि इस संडे जो है रात्रि दस से ग्यारह बजे तक का हमारा जो है पुनः जो है कार्यक्रम लगा है हम लोग जो है हम आपके सम्मुख आएँगे आपकी कुंडली पर चर्चा करेंगे और दर्शकों जो लोग मुंबई में मिलना चाहते हैं आप लोग आकर के मिल सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं मकर राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर के आया है खासकर के जो लोग अकाउंट से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए दिन बेहतर रहेगा आज घर वालों के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा ऑफिस में सहकर्मियों का पूरा पूरा सहयोग पूरा पूरा साथ मिलेगा आज जो जूनियर हैं वो आपसे जो है काफ़ी कुछ सीखेंगे लवमेट के साथ आज आप लोग कहीं बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं कोर्ट कचहरी के किसी मामले में अचानक से जो है मतलब पासा पलटेगा और आपके पक्ष में कुछ गुड न्यूज़ या फैसला आ सकता है और आज आपका कोई भी काम बड़ा इजीली बहुत ही आसानी से पूरा होगा आज आपके उच्चाधिकारियों का ऑफिस में आपके सपोर्ट मिलेगा कोई इंक्रीमेंट इत्यादि आज आपको मिल सकती है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए जो हमारे जो है मकर राशि के जातक हैं इन लोगों को आज नारायण कवच का पाठ करना रहेगा साथ ही साथ आज के दिन यदि हो सके तो सवा किलो चने की दाल थोड़ी सी हल्दी ले लीजिएगा जो है आ, दो ढाई सौ ग्राम हल्दी ले लीजिए केसर की के, एक डिप्पी ले लीजिए पीले रंग का कपड़ा ले लीजिए और ये मंदिर में जा करके आपको दान करना रहेगा किसी वृद्ध व्यक्ति को शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन अगली राशि पर बढ़ते हैं हमारी अगली राशि जो है आती है ये है कुंभ राशि तो एक्वायर्स कुंभ राशि के जात को आज आप पूरा दिन खुद को तरोताजा महसूस कर सकते हैं आज आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी लोग आपसे खुश रहेंगे आप किसी बड़े बिजनेस ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करने का विचार बनाएंगे आज आपको लाभ के कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और आपको किसी सोर्स से उम्मीद से ज़्यादा धन लाभ होगा कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी समारोह में जाने का मौका मिलेगा और आज कई जानकार लोग आपकी क्रिएटिविटी की सराहना करेंगे धन में वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है और साथ ही साथ आज, आज आपका धन परोपकार के चीज़ों में खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज किसी दूसरे को यदि आपने पूर्व में धन उधार दिया है थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आज, आज, आज आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज पीपल के वृक्ष में जाना है और सिंपल आपको जल में थोड़ी सी चने की दाल शहद और एक दो चुटकी आप जो है क्या कहते हैं हल्दी डाल लीजिएगा उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमा इस मंदिर से अर्पण करिए और एक देसी घी का आपको दीपक जलाना रहेगा आपके लिए जो शुभ कलर रहेगा ये रहेगा आज ब्ल्यू कलर नीला रंग और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक तीन अंतिम राशि की ओर बढ़ते हमारी अंतिम राशि आती आती है पाइसिस अर्थात मीन राशि मीन राशि के जात को आज आपको सबके साथ अपने संबंध अच्छे बना करके रखने होंगे दोस्तों के साथ कुछ अनबन हो सकती है रोजगार की तलाश कर रही युवाओं को जॉब के कई सुनहरे अवसर मिलने की संभावना रहेगी आज आपको कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए मीन राशि के जो जातक हैं इनको आज प्रातः काल से लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है परिवार में किसी से मिलना मिलाना हो सकता है बहुत पहले हो सकता है अपने किसी से जो मुलाकात की हो तो और किसी मतलब वैवाहिक जो है उसमें कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का सुअवसर भी प्राप्त होगा कुल मिलाकर के आज का दिन फायदेमंद रहेगा जिन लोगों की मोबाइल शॉप इत्यादि है उनके लिए भी दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है और बेवजह पर खर्च होने से आज सितारे सलाह दे कि खर्च मत करिएगा वाहन चलाते समय अपने साथ जरूरी कागजात इत्यादि रख लीजिएगा अन्यथा चालान इत्यादि हो सकता है और आज लंबे समय से चली आ रही परेशानी आपकी दूर होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो एक दर्जन केला ले लीजिएगा और गाय को आज आप लोग खिला दीजिएगा बस इतना सा करना है शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक तो दर्शकों कैसा लगा हमारे कार्यक्रम कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं नए हैं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेलाइकन दबाइए दीजिए इजाज़त मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार राम राम Da da da.